टीवी और बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन राखी सावंत की लाइफ में एक कंट्रोवर्सी खत्म हो गई है राखी सावंत और बॉलीवुड एक्ट्रेस शर्लीन चोपड़ा अपनी दुश्मनी भुलाकर अच्छी दोस्त बन गई हैं और इनका दोस्ती वाला वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है आपस में 36 का आंकड़ा रखने वाली शर्लीन चोपड़ा और राखी सावंत दुश्मनी भुलाकर दोस्त बन गई है आपको बता दें राखी और शर्लीन में साजिद खान को लेकर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी जहां शर्लीन साजिद के बिग बॉस में जाने का विरोध कर रही थी और उन पर कई एलिगेशन लगा रही थी तो वहीं राखी ने साजिद का बचाव किया था इस वजह से दोनों के बीच जमकर बयानबाजी हुई थी और दोनों ने एक दूसरे पर एफ भी कराई थी इसके बाद राखी को गिरफ्तार कर लिया गया था हालांकि बाद में उनकी जमानत हो गई थी इन सब के बाद अब राखी और शर्लीन ने एक दूसरे को माफ कर दिया है हाल ही में दोनों का एक वीडियो सामने आया है जिसमें शर्लीन अपनी नई दोस्त राखी को फूल देते हुए नजर आ रही है और दोनों सगी बहनों की तरह एक दूसरे से प्यार कर रही है वही आदिल के मामले में शर्लीन ने राखी का सपोर्ट करते हुए कहा कि हमारी मुलाकात नौ फरवरी की शाम हुई थी मैंने राखी से पूछा था कि आपको अपने जीवन का राजकुमार मिला है तो आप खुश क्यों नहीं है पता चला कि इनका राजकुमार दुनिया का सबसे महा ठग है जो लोगों को बेवकूफ बनाता है राखी ने मुझे बताया कि उनके और मैसूर की एक ईरानी लड़की के साथ आदिल ने यौन उत्पीड़न किया है तो ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से जुड़े मसले हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं